तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग वेलकम बैक टू तो माय न्यू वीडियो आज के वीडियो में मैं यहाँ पास नर में हूँ और अभी हम लोग ना ऊपर चलते हैं और मतलब हमको यार पूरा ढूंढना पड़ेगा ये हमारा ये बेबी मोड का सेकंड पार्ट है है ना क्योंकि रेल बहुत लंबा हो जाता है वीडियो इसलिए मैंने ट्रीम कर कर के बनाया है वैसे अभी जो आप जैसे देख रहे हो ना वो टोटली एक घंटे का है और उसको मैं आपको पाँच सात मिनट में बना के दिखाऊंगा और आप लोग बताइएगा गई कि आपको कितना मिनट का वीडियो पसंद है मतलब अगर जैसे आप लोग सात मिनट का बोलोगे तो मैं सात मिनट का बनाऊंगा और ऐसे करते करते बनाऊंगा तो गई अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मतलब मेरा जो पोर्टल है वो इसका ये है है ना और मुझे अभी जाना है यार वहाँ ढूंढने तो इधर से अब अरे यार ये कहाँ से आ जाता है कम अरे हाँ मर गया लेकिन यार ये अच्छा है नेदर में ना हमको खाना मिल जाता है इससे और इसको अंदर रख लेते हैं मैंने गोल्ड का बना लिया है पूरा आर्मर वग़ैरह मतलब आर्मर नहीं सिर्फ हेलमेट बनाया है और चलो इसको भी ले लेते हैं ठीक है भाई चलो आगे निकलते हैं यार मैं इधर साइड से आ रहा था और यहाँ पर मुझे पिगलिन दिखा मैं सोच शुच, सोचते मतलब ट्रेड करते चलो यार इन लोग से और पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाना है क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रख लेता हूँ और इसके बाद फिर नगेट से। ओके इंगठ बन गया हमारा फाइव इंगठ है और चलो देखते हैं ओए अरे अरे ओह ब यार बहुत बड़ी गलती कर दी यार मैंने ये लोग क्या है गए मुझे ना बिना उसका मारते हैं ना मतलब बिना गोल्ड का पहनेगा ना पहनेगा वो लोग तो मारते हैं इसलिए गए हुआ क्या कि माइंड ने इन लोग को एक, मतलब हटा ही दिया है न है ना इन लोग को अगर ये मेरे पास आएंगे तो इन लोग मुझे मारेंगे ये लोग ने कर दिया है तो और ये ये जो पिगलिन है ना ये वाले पिगलिन ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं है ना अगर मैं इन लोग को मारूंगा तब तो ये लोग शायद मारेंगे तो यार यहाँ पर से क्या क्या दे रहा है यार तो मैं उसके पास गया ना तो मैं ये ख़त्म हो जाएगा तो भाई यार एक क्राइंग ऑक्सीडेंट कौन देता है यार ठीक है और देखते हैं इतना टाइम कौन लगाता है यार देखने के लिए जल्दी कर भाई जल्दी तो यार तो गई ये तो यहाँ पर रिजनरेसन का पोषण दिया और वैसे मैं बहुत टाइम लगा रहा था तो मैं आए मार ही दिया ठीक है रिजनरेसन का पोषण दिया वही बहुत काम का बाकी कराएंगो एक्सीडेंट तो क्या काम करता है आप लोग बता देना मुझे तो फालतू लगता है ऐसे ठीक है कुछ काम आता होगा तो बता देना गई ठीक है और चलो यार आगे फिर उधर साइड देखते हैं कहाँ मिलेगा अपना क्या बोलते हैं है अरे नेदर बोलते क्या क्या नहीं नेदर नेदर रे भाई मैं भूल गया यार क्या बोलते है यार क्या बोलते इसको यार आप लोग कमेंट में बता रहे हैं यार उधर साइड रास्ता इधर साइड ज्यादा रास्ता नहीं पीछे साइड से मैं आया हूँ उस पर कूद यार क्या से करें लेस ही अगर गाइज मैं लावा में गिर जाऊंगा ना मैं रिजनरेशन को पोषण मार लूंगा ओह भाई भाई बच गया चलो कोई बात नहीं, नहीं लगा रहे ए फायर है यार रीजनरेशन रीजन बार बार चलो इसको भी तोड़ लेते हैं और आगे चलते हैं तो यार मैं इधर साइड दौड़ते इतने सारे यार ओ भाई आप लोग सामने देखो यार क्या है हमारा जिसमें यार हमारा ब्लेज रोड मिलता है ना उसमें हम लोग को जाना होगा यार जल्दी चलते वहां पर हाँ तो इधर से कहाँ से जाऊँ चलो देखते हैं भाई आगे जल्दी तो भाई साहब यार मैं इतना इधर साइड से पूरा ब्लॉक लगा के लगा लगा के आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और ऊपर जाना है ये मैं पहुँच गया हूँ लगभग और इधर साइड चलते हैं यार चलो भाई इधर साइड यार चलो थोड़ा सा आगे डीक कर देते हैं ओके यहाँ पर ब्ले जाए चलो जल्दी जल्दी प्लेज को मार देते हैं फाइनली गायज मेरे पास एट ब्लेज रोड हो चुके हैं मतलब मैं एक एक्स्ट्रा ले लिया ताकि और कुछ काम आ जाए मतलब बाद में जैसे पोषण हो गया और अगर मान लो कि एक्स्ट्रा अगर लगेगा का, तो मेरा काम आ जाएगा ठीक है क्या गाय मैं फाइनली ढूंढते ढूंढते मेरे बायूम में आ गए शायद तो कि मेरा वायू होगा अरे ये कहाँ से आ गया हट ये यार यहाँ से हट हट अरे यार ये बहुत इतना पावरफुल रहता है मेरा अगर सार्वजन फाइव का नहीं रहता ना तो फिर मैं तो ख़त्म था भाई पिकैल से बहुत कम एच पी यहाँ से छुटते ही से निकल लो कि यार बहुत भाई मुझे पता नहीं यार देखो मेरा कोऑर्डीनेटर बहुत ही अलग है यहाँ पर से तो मुझे ना कुछ दूसरा जगह जाना होगा आई थिंक तो गायल मैं मेरा पिकैल टूट गया था तो मैं पिकैल्स बना ली और यहाँ पर यार जो पिक पिक का जो खाना मिला था तो उसको मैं यहाँ पास पका रहा हूँ ताकि मिल जाए खाना अरे खास मत वही मत ना हाँ यहाँ पर ऐसे काम करता हूँ ना ब्लॉक वगैरह लगा देता हूँ यहाँ पर चलो ये एक यहाँ पर भी भाई बज गया बज गया भाई मतलब ना ये घास तो सबसे बेकार मतलब लगती है यार घास और ये पीक सबसे बेकार मोब लगते हैं नदर के यार वैसे ना नेदर से ज़्यादा अच्छा तो मेरे को आ, एंड सिटी लगता है मतलब एंड लगता है भाई एंड अब क्या बोलूँ मैं ठीक है चलो यार जल्दी से खाना कुक करते और निकलते भाई यार बहुत ही मतलब बहुत मेहनत करने के बाद यार मतलब क्या बोलूँ इतना टाइम से मैं ढूँढ रहा हूँ यार मेरा प्लेस मिल ही नहीं रहा है है ना और बीच वाला जो कोऑर्डिनेट है ना उसको तो छोड़ ही दो वो तो सिर्फ ऊपर नीचे का रहता है एक टाइप से है ना तो उसको तो मैं एक टाइप से एडजस्ट कर सकता हूँ और जैसे मुझे अपना कॉर्डिनेट नहीं मिल जैसे ये फोर में तो चले गए मुझे थर्टी में जाना है अरे यार बहुत ही दिमाग ख़राब कर रहे हैं यार ये जल्दी से जाना पड़ेगा यार अरे यार इतने सॉरी कहाँ से आ गए अरे नहीं यार नहीं